हेलो वेलकम डेविड यादव ब्लॉग्स मैं राम सेवक यादव बोल रहा हूँ हमारे तरफ से सभी को नमस्कार मैं सऊदी में अभी मजरा के पास में करा हूँ अब देखिए खजूर है खजूर का पेड़ है और इधर देखिए जे भी चल रहा है जे भी चल रहा है और वे आप डेरा डेरा भर जाएगा पंजाब और उसके बाद मैं चलाऊंगा इसलिए मैं ये दौड़ाया कत में हूँ देखिए माजरा पैसा है और ये देखिए नज़दीक से देखाता हूँ आपको है खजूर खजूर देखिए खजूर ये खजूर देख लीजिए अच्छा तरह से और पालक साग है नीचे में उधर धनिया और है पटुआ का साग और है और मद्रा है बहुत है इधर पालक साग और है देखिए और ये खजूर का पेड़ सब है छोटा बड़ा सब ये देखिए, खजूर देखिए खजूर खजूर है खजूर और इधर में हम लोग काम कर रहे हैं बल थोड़ा लगा रहे हैं देखते हैं और इंजन आदमी सब है।, है।, आ रहा है और ये सब देखते हुए गांव का है मगरा है इधर में सही है इधर में उतना उतना वो नहीं है क्या उतना भी नहीं है ठंडा मौसम आ गया मीडियम है और ये बजरा सब है मजुरा है मजरा में बहुत प्रकार का सब्जियाँ धनिया निकल रहा है और ये हमारा पंजाबी है जे सी भी चला रहे है देखिए उधर ये जिस भी हमें चलाना है थोड़ा दो तीन घंटा में चलाया और ये चलाएगा ये मेरे घर जाने वाला है और क्या बताओ आप सभी लोग का और सब्सक्राइब कर दीजिए तो मेरा भी नया चैनल थोड़ा नया न्यूज़ पकड़ लगेगा तो, तो, तो, तो, तो हमारे तो तो भी अच्छा रहेगा और सब्सक्राइबर लाइक और और देखिए ये पंजाबी है देखिए उधर गाड़ी चला रहा है ये पटुआ घाटरा है I was.